नाम दोस्तों हर सपने का अपना अलग महत्व होता है स्वपन शास्त्र में इसके बारे में जानकारी दी गई है कई बार हम सपने में पशु पक्षियों को देखते हैं स्वपन शास्त्र के मुताबिक पशु पक्षियों को सपने में देखना काफी शुभ माना जाता है अगर आपने सपने में पशु पक्षियों को देखा है तो इसका मतलब क्या है आइए जानते हैं सपने में गाय देखने का मतलब अगर आपने सपने में गाय को देखा है तो यह काफी अच्छा है गाय का हिंदू धर्म में काफी महत्व है माना जाता है कि गाय में तैतीस करोड़ देवी देवताओं का वास होता है इसका मतलब है कि आपको सफलता मिलने वाली है गाय को दूध देते हुए देखा तो अगर आपने सपने में गाय को दूध देते हुए देखा तो यह घर में समृद्धि लाता है कई चितकबरी गाय को देखते हैं तो सूद ब्याज के व्यापार में लाभ मिलने के संकेत होते हैं सपने में हाथी देखने का महत्व सपने में हाथी को देखना समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है लेकिन इस सपने के बाद आपको महालक्ष्मी जी के मंदिर में एक हाथी की मूर्ति भेंट करनी चाहिए सपने में उल्लू देखने का मतलब अगर आपने सपने में उल्लू देखा है तो यह शुभ माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपको धन मिलने वाला है हालांकि यह सपना देखने के बाद आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में लाल रंग का वस्त्र अर्पित करना चाहिए मछली देखने का मतलब वहीं शास्त्रों में मछली को महालक्ष्मी के आगमन का सूचक माना गया है यदि आप सपने में मछली देखते हैं तो माना जाता है कि जल्द ही आप पर माल्मी की कृपा बचने वाली है कि इस सपने के मुताबिक आने वाले समय में आपकी किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है सपने में सांप देखना स्वप्न शास्त्र के मुताबिक सपने में सांप को देखना बेहद शुभ माना जाता है इस सपने से आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है इसी के साथ वक्त के साथ सम्मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है सपने में अगर हिरन देखना स्वपन शास्त्र के मुताबिक सपने में हिरन देखना अच्छा माना जाता है इस सपने को देखने पर आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपकी यह या यात्रा सुखद होगी और इससे आपको लाभ भी मिलेगा तो कैसी लगी दोस्तों आपको यह वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताकि